नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुदामा यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्वेंटी फोर आज हम बात करेंगे आधार कार्ड के बारे में आधार कार्ड एक ऐसा जरूरी डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई भी काम करना संभव नहीं आप भी अपना आधार कार्ड घर बैठे मंगा सकते हैं सब बात करेंगे दोस्तों लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं हमें है। अपना गूगल क्रोम ओपन करना है ओपन करने के बाद सर्च बार पे टैप करना है यहाँ पे टाइप करना है डब्लू और उसे एंटर करना है एंटर तो होने के बाद कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस दिखेगा तो हमें यहाँ पे स्कोल डाउन नीचे करना है नीचे करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड तो यहाँ पे हमें टैप करना है टैप करने के बाद उसके बाद फिर नीचे हमें स्लाइड करना है तो यहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप अपना पेशल आईडी भी डाल सकते हैं और इनमेंट आईडी भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे चलिए हम सब कुछ अपना डालते हैं उसके बाद फिर नीचे करना है नीचे करने के बाद यहाँ पर यह सिक्योरिटी कोड भी डालना है जो कि अलग अलग करेक्टर में होते हैं तो चलिए हम इसे भी डालते हैं डालने के बाद नीचे करना है यहाँ पे देखिए सेंड ओ टी पी अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ऊपर यहाँ पे चेक मार्क लगा सकते हैं तो चलिए हम सेंड ओ पे टैप करते हैं इसको फिर नीचे हम आएंगे यहाँ पे हमें ओ डालने का एक बॉक्स मिल जाएगा तो हमारे पास ओ आ गया है तो हम अपना ओ टी पी यहाँ पर डालते हैं उसके बाद टाइम को एक्सेप्ट करना है उसका सबमिट करना है उसके बाद जिसका भी आधार नंबर आपने डाला उसका पूरा सबरी आ जाएगा उसका बाद मेक पेमेंट पे ओके करना है उसके बाद यह हमें पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा यहाँ पे ना तो आपको रिफ्रेश करना है ना ही बैक करना है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट पे और थोड़ा हम नीचे करते हैं यहाँ पे देखिए यू का भी ऑप्शन है तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना पेटीएम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पे में अमाउंट पड़ा हुआ है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रोसीड इसके बाद दोस्तों यहां पे जिस नंबर से अकाउंट बना हुआ है यहां पे वो मोबाइल नंबर डालना है तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं अपना इसके बाद प्रोसेड्यूल पे ओके करना है फिर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है चलिए हम इसे भी डालते हैं उसके बाद वेरीफाई पर टेप करना है यहाँ पे अपने पेटीएम का पासवर्ड डालना है और पासवर्ड डालने के बाद एड बटन पे करना है तो यहाँ पर पे हमारा पेमेंट हो रहा है पेमेंट सक्सेसफुल हो गया यहाँ पे आपको पैक नहीं करना है दोस्तों अगर आप बैग या रिफ़्रेश करते हैं तो आपका पेमेंट फंस सकता है तो इसलिए ना तो आप बैक करिए और ना ही रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ पे आप पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं हम नीचे चलते हैं चेक स्टेटस पे के करते हैं यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है आधार नंबर डालने के बाद यहाँ सिक्योटी कोड डालना है जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे डालने के बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ सेंड ओ टी पे ओके करना है तो ओके okay करते ही हमारे पास वन टाइम पासवर्ड एक भेजा जाएगा उसे हमें उसके नीचे डालना है यहाँ पे। तो हम डालते हैं फटाख से डालने के बाद टर्म को एक्सेप्ट करना है तो सबमिट पे ओके करना है यहाँ पे हमारा स्टेटस शो हो जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट है इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं इसको हम प्रिंट करके रख लेते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए इसे आप जहां भी सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं मैंने अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लिया तब तक के बने रहिए है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में